हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सलमान खान की मूवी अंतिम के बारे में मैंने वो मूवी देखी मेरे को सही बताऊं तो मेरे को बहुत बढ़िया मूवी लगी है वो अंतिम तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप जाके थिएटर में ये मूवी देखिए अंतिम अब तक कि मेरे को सलमान खान की इन तीन चार सालों में ये अब तक कि मेरे को बढ़िया मूवी लगी है और आयुष शर्मा ने भी काफ़ी बढ़िया काम करा है इस मूवी में और एक्ट्रेस वगैरह सब ने बहुत बढ़िया काम करा है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम करा है तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा सिर्फ एक ही मिनट का बना रहा हूँ इस वीडियो को और बस यही बताना चाहता हूँ कि अंतिम मूवी इस दो की अब तक की सबसे बढ़िया मूवी है अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो किस पर मूवी देखिए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए और बस थैंक यू और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक करिए थैंक यू